हेलो व्हाट्सअप गर्स तो मेरा न्यू वीडियो आ गया तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइंड क्रप तो इस गेम पे होता है तो रात होने के बाद यहाँ पर जॉम्बी वगैरह आके एटे करता है जॉम्बी की रको तो मैं यहाँ पर सुबह होने का वेट करता हूँ तो बाहर सुबह हो गया शायद तो आप मैं बाहर जा सकता हूँ तो आप लोग चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना तो यहाँ पर सुबह होने के वेट करता हूँ अच्छे से तो बाहर सुबह हो रहे हैं अभी मॉर्निंग है शायद तो यहाँ पर मैं कुछ इकट्ठे कर लिया रात को तो देखो यहाँ पर सनराइज़ हो रहे तो मैं ऊपर चले जाती हूँ यहाँ से पहले घर पे जा कर देख के तो कुछ है क्या नहीं कुछ भी नहीं है तो अभी जा सकता हूँ आप तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर देना यार तो आप लोगों को वीडियो किस तरह लग रहे है आप लोग कॉमेंट पर बोल देना यार तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ पहले भाई यार तोड़ता क्यों नहीं और टूट के टूट के तो दूसरे को भी कुछ इकट्ठे कर लेता हूँ तो बाहर सुबह हो सक हो गया क्या नहीं चलो देख के तो अभी भी कीड़े मकोड़ा जिंदा है शायद तो मैं आ, आप निकल सकता हूँ इधर से तो सुबह हो गया तो मेरे को कुछ खाने के लिए ढूँढना पड़ेगा बाहर तो ऊपर के तरफ कुछ मिल सकता है क्या नहीं यहाँ पर पेड़ वग़ैरह है तो वहाँ पर एक बाट है उसको मार के क्या मिलेगा उसको मारता हूँ टाइगर जैसा देख क्या रहे क्या ये देखता हूँ इसको मार के देखना पड़ेगा क्या ये मेरे को लगता है शेर है शायद तो ऊपर जा रहे रुक जा यार मारने दे तेरे को अरे सा... यार ये बिल्ली है एक उसको मार के क्या मिलेगा देखता हूँ उसको क्या कर सकता हूँ यार पर बाढ़ अरे इसको लग गया यार मारने आया किसको किसको लग गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो मैं कुछ बारह कुछ ढूंढता हूँ इससे कम नहीं बनेगा तो इसको मैं मारने का ट्राई कर लेता हूँ पहले अबे कहा जा रहे है? रुक जा ना यार अबे सामने पैर आ गया अबे ले साले बिल्ली अरे कहा गिर गया अरे पानी में कुत गया साले कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं सामने के तरफ एक क्या अभी भैंसे क्या शोर के तरफ देख दे जा देखते दे हो उसको मार के अब रुक जाए इसको मारने के बाद मेरे को खाना मिल जाएगा ए ले तेरी अबे मारता क्यों नहीं कितने मारेगा इसको कहा गया मेरे पीछे है मेरे पीछे रुक जा रुक जा रुक जा ए ले तेरी भैस के टांग भैया कहा गया यार ओ तेरी यहाँ पर रुको रुको रुको ले साले अबे मेरा कुछ गिर गया क्या नाम है इसका मेरे को मालूम नहीं अरे पीछे से आके कौन मार दिया इसे कोई बात नहीं कोई बात नहीं दूसरी बार ट्राई करेगा तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट गेम प्ले स्टार्ट हो गया तो मेरे सामने एक कीड़े कोई बात नहीं वो वहाँ पर इस चीज़ इसको अरे यहाँ पर गट्टा है शायद गट्टा बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसको आप मारेगा पहली बार मारने का ट्राई किया था नहीं मारा आप तो इसको छोड़ेगा नहीं ले तेरी रेस की टांग कहा जाता रुक जा रुक जा रुक जा फाइनली इसको मार दिया तो मैं कुछ खा लेता वो वो मेरा एज भी है यार कोई बात अबे क्या है के तरह देख रहे इसको मारता हूँ यार बहुत सारा रात होने का पहले मेरे को कुछ करना पड़ेगा वरना रात को कुछ भी नहीं मिलेगा यार किरे में फूल आता है जॉम भी वगैरह तो ये इसको मारना पड़ेगा अभी अरे कहा गया अरे सामने से किरे आ गए मैं निकल था निकल दू इधर अबे अब अब भी मेरे पीछे अरे आने दो आने दो कोई बात नहीं मैं अच्छे से एक कबाड़ ले छुप देता हूँ अरे यहाँ पर कहाँ गिर गया अरे दूर से भी आ गया कहाँ गिर गया यार गड्ढे पे कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं वो से आप यार पीछे फिर से आ गया अरे कहाँ गया रुक जा रुक जा मैं इस तरफ चले जाता हूँ यार यहाँ पर भी है एक कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी नीचे एक क्या है कद्दू है शायद कोई बात कोई बात मैं अरे मेरे साइड पर मेरे को मार रहे यार मेरा एक किच भी गया इसको मारता वो अभी नहीं मरता है यार कोई बात नहीं आप पे मेरे को मर रहे यार दो मिल के मर रहे एक को एक कैसा है ऊंचाई पे आ गया मैं आपा इधर अबे अब इधर भी आ गया कोई बात नहीं मैं इस इस तरफ से निकल जाता हूँ अच्छे से सामने की तरफ चले जाएगा है ये बकरी है शायद छोड़ो छोरो इसको छोड़ो अरे कहाँ गिर गया यार कीड़े भी आ गए इस तरफ अबे मेरे को मार रही है यार निकल जाना यार भाई मेरा हेल्थ गया यार उसको मार मारेगा क्या नहीं मरना है देखता हूँ यार भाई इस तरफ छूट जाता वो मेरे को नहीं देखेगा पानी है शायद मिस यहाँ पर एच को खा लेता हूँ यार एक खाना चाहिए क्या नहीं रुको रुको कबल लेता हूँ पहले खा लेता हूँ अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो पाने के लिए तो मेरा यहाँ पर एच बी फुल हो गया फुल नहीं हुआ हाफ हुआ तो इसको भी मार देता अभी देते में इसकी टंग कहा जाता है यार। जा। कहा जा रहा है यार किस तरह वे सामने सामने रुक जा कहा जा रहा है रुक रुक रुक पानी में चला जाएगा क्या अगर ले इसको मार के मैं भी फुल कर लेगा यहाँ पर मार दिया इसको इस खा लेता हूँ कुछ जल्दी से खा लेता हूँ वरना किले मकर आ जाएगा किस मेरे को रात होने के अरे भाई कॉल आ गया एक तो भाई आज का वीडियो इतना ही था मैं कॉल को देख के आता हूँ बाद में मिलेगा ठीक है गुड बाय नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हो चाय हिंद